विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त और आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी प्रधावी नामक संबत् चल रहा है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 आज आपके सोचे हुए सभी अगर आज आप किसी मेडिकल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको अपनी मेहनत का फल अच्छा प्राप्त होगा आज आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से आज आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा पूर्व में किए गए निवेश से आज आपको धन लाभ होगा किसी कन्या के पैर छुकर के आशीर्वाद लीजिए और कन्याओं को आपको आज कुछ मीठा बांटना है नवरात्रि के दिन चल रहे हैं माता की कृपा आप पर बनी रहेगी आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे सफल होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा